रीवा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों से कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है आजीविका मिशन में चार माह पूर्व रीवा जिले के 18 कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी हुआ था जिसके बाद से अब तक 16 कर्मचारियों ने अपने तबादला आदेश का पालन नहीं किया अब वह कार्यालय में भ्रष्टाचार की परिभाषा बनते जा रहे हैं वहीं मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं रिवा जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश को जारी किया गया था बावजूद तैयार नहीं है अधिकारियों को कुर्सी का मोह इतना है की वे स्थानांतरित नहीं होना चाहते मामले को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से मीडिया ने संपर्क किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और वही पुराने स्टाफ की कमी की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 60 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जबकि गाइडलाइन के अनुसार यहां मात्र 45 कर्मचारियों की नियुक्ति का ही है देखिए मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो आजीविका मिशन है आजीविका मिशन संचालित है वहाँ एक जिले में पैंतालीस लगभग पैंतालीस से पचास कर्मचारी होने के ब्लाकवार प्रक्रिया है परंतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो विगत तीन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष से एक ही जगह में सीट में बैठे हुए हैं तो शासन के द्वारा ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया था पर रीवा पूरे समूचे मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला ऐसा जिला है जहां आजीविका मिशन के जो यहां पे कर्म अधिकारी हैं उनके द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों का जिनका स्थानांतरण हो चुका है वहां स्थानांतरण कर्म, कर्मचार हस्तांतरित कर्मचारियों को भारमुक्त नहीं किया गया इसका कारण बताया गया कि जो स्थानांतरित कर्मचारी हैं यहाँ पर अभाव है तो अब नियम शासन का ये नियम है कि वहाँ पर हर ब्लाक, एक ब्लॉक में पाँच कर्मचारी की आवश्यकता है तो इस प्रकार मिलाकर के रीवा में 45 कर्मचारियों की आवश्यकता है तो ऑलरेडी यहाँ पैंतालीस कर्मचारी हैं और वहाँ से स्थानांतरित होकर कर्मचारी आ गए हैं तो शासन के नियमानुसार भी कर्मचारी जितने पद हैं उतने कर्मचारी ऑलरेडी हैं तो जिला पंचायत सी और यहाँ पर यहाँ जो आजीविका मिशन के अधिकारी हैं डी पी है। उनके द्वारा ये दोनों की साठ गांठ से जो यहाँ पर कर्मचारी उनको भारमुक्त तो नहीं किया जा रहा यहाँ पर उनके द्वारा लेन देन जा रहा है दबाव बनाया जा रहा है और शासन को गलत मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को गलत जानकारी पेश की जा रही शासन का पंचायत अभी तत्कालिक में शासन के अधिसूचना पंचायत विभाग के अधिसूचना लगी थी अधिसूचना में भी भार मुक्त नहीं किया गया यानी इनको निर्वाचन आयोग को नियमों को बलाए ताक पर रखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को इन्होंने ताक पर रख दिया और जिला पंचायत के सी ओ पर जिला पंचायत सी के द्वारा भी सचिवों के हस्तांतरण किए गए थे इस पूरे मामले को लेकर और शिकायतकर्ता बीके माला ने संभायुक्त को कार्रवाई के लिए एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। वहीं पूरे मामले पर राज्यसभा सांसद पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है उनके द्वारा भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारी एक ही जगह पद पर बने हुए हैं कर्मचारियों को एक ही कुर्सी से इतना लगाव क्यों देखिए तो छोटी बात भारतीय जनता पार्टी जो है एक कथनी और करनी के जाहिर है वो दो तरह की बात हमेशा करती है बात वो गरीबों की करती है गरीबों की मदद की करती है न्याय की बात करती है सुशासन की बात करती है अच्छे प्रशासन की बात करती है अच्छे दिल की बात करती है लेकिन इसके विपरीत जब काम करने की जरूरत होती है तब पूरा काम भी बीजेपी करती है कि किसमें पूंजीपतियों का फायदा होता है पूंजीपति कैसे मजबूत बने कैसे उसकी कमाई हो कैसे वो ज़्यादा सक्षम बने इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो दोहरा चरित्र है ये तो कहने का है जितने माने जो इनके आरोप हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा दी दूसरे के ऊपर डाल देते जिन गारी से बचना चाहते हैं ये तो यहाँ तक कहते हैं कि माने महंगाई जो बढ़ रही है देश की गरीब जनता पिस रही है ये नेहरू जी की देन है तो अगर नेहरू जी की देन आज की गरीबी में महँगाई चल रही है तो मोदी जी आप सत्ता में कहा आए थे पहले आपको नहीं पता था कि माने नेहरू की नींद से गरीब ये महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर आप सत्ता पर कहा जाए तो दे दुखी बातें ये करके जो है जनता का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं जो इनके माने चरित्र में है इसी तरह से ट्रांसफ़र करते हैं फिर उद्योग चलाते हैं पैसा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको कैंसिल कराते हैं पैसे नहीं देते तो ये तो भ्रष्टाचार के देख लीजिए कैसे में चले जाइए कहीं भी चले जाइए किसी आप भी चले जाइए सर बिल्कुल ठेकेदारी बनी हुई है कि माने इतना लेना है कोई सुनने वाला नहीं है जाँच इंक्वायरी के नाम पर चलता रहता है लेकिन लोगो को न्याय संगीत की सौ लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबर के पीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति ऐसी कूटनीति तक दखन न्यूज आपके